तो so, hey so, आज हम लोग फिर से वही गेम खेलने वाले हैं zombie virus पहला पार्ट आपने देख देख लिया होगा अगर नहीं देखे तो इधर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और पहले तो आप लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नीचे रेड कलर की बटन है और घंटा बजाना मत भूलिएगा चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं लेवल हम लोग खेलेंगे नहीं लेवल ऑन तो नहीं हुआ है इसी में जो अगला लेवल उसको स्टार्ट कर हो गया ये अब देखो आते ही पहले अब भाई कुछ बोल ले तो दिया करो तुम लोग पहले पहले मैं इसको खेल फिर तो उसके बाद बोलता हूँ आप लोगों से देखो ये रिलोर्ड होने में भी टाइम भैया अभी मेरे पास यहाँ फर्स्ट एड भी नहीं है ना ही मेरे पास अबे रुको बोलने तो दे और ना ही मेरे पास ग्रेनेट है और ना ही इंजेक्शन है कुछ मतलब तो कुछ भी नहीं है अपने पास और फिर सब बढ़ते ही जा रहे बढ़ते ही जा रहे बढ़ते ही जा रहे हैं भैया ले अरे चाचा रुको एक दौड़ते अभी ये पूरा कैसे करूँगा मैं ले हमारे डाल सब बोलूँगा तो जाओ बहुत तगड़ा बहुत ही तगड़ा गेम देख लो भाई इतना इन लोगों मारते मारते तो मेरे लगता है। मैं चला जाऊंगा मैं गया मैं गया मैं गया गया गया, गया, गया, गया, गया खत्म कहानी खत्म ले मार एक एक को मारूंगा काट के फैंक डालूंगा देख लो तुम लोग सिर्फ अब मैं स्टार्ट नहीं मुझे ये मिल जाए देखते हैं मार सकते हैं नहीं। केक एक को कुत्ता बना बना के मारेंगे और सबका सर उड़ाएंगे सबका एक एक को कुत्ता बना के मारेंगे इतना ज्यादा मारेंगे ना कि सोचते सोचते पागल हो जाएंगे सब ये भी जल्दी से अगर हो जाए ना तो बहुत ही मजार है ये अबे रुक दौड़ते दौड़ते किलो चुके मेरे इतना मारेंगे, इतना मारेंगे थोड़ा सबर कर लो छॉडीगार्ड ओम फो आ जाओ ले रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक अबे रुक जा पूरा तो कर लेंदे मुझे ये दोनों को साथ में अगर मारने लगू ना देखो एक दौड़ के आ रहा है वो मुझे मारेगा बहुत ढेर सारा मारेगा इसको तो हट कंप्लीटेड yeah, और इसके सीधा जो कुत्ता बना दिया एकदम कुत्ता कुत्ता बना बना के मारूंगा बोला था ना कुत्ता बना बना के मारूंगा थर्डिप और ये क्या वार्निंग कैसा वार्निंग मुझे दे रहा भाई क्या ही वार्निंग दे रहा है ये देखो फिर से ये, ये यार भाई अबे हम एक एक कुत्ता बनाऊंगा मैं रहा पीछे भाग रहा हूँ ये सही है ये सही है ता बना के मार मैं देखो मारूंगा चार चारूंगा एक मारूंगा चार एक ऐसा मारूंगा ना भाई साहब लो लो लो, लो, लो, लो खाओ।, खाओ, खाओ खाओ खाओ खाओ खाओ खाओ तुम भी खाओ रुक जा रही लोड हो जाए कहा है कितनी जल्दी क्या है ले तो फोन ना है सबका इधर भी आएंगे सब ये देखो भैया कितना ज्यादा दौड़ोगे ना तो सांसें फूलने लगेगी हमको मारने के लिए ये ले। रुक रुक जा, जा। रिलोड होने रिलोड होने थे कितनी बार बोलो रिलोड हो जाने थे रिलोड हो जाने थे लेकिन भाई तू तो दौड़ के आ जा मार मैं यार इतना ये लो ले चलो मार लो हमको ताजा ताजा मिला है कुछ नया नया मिला है कुछ ले तुम भी ले भाई दो ही बचे दो ही बचे जल्दी जल्दी री मार दिया एकदम पूरा सिक्स पैक में मार रहा हूँ पूरा पहाड़ डाला भाई है next. अगला चौथा हो हो चुका है। और यार अगर अच्छी तो को देखो कितना पसीना गया मुझसे मारते मारते जब कुछ बोलने बिना दे रहे तुम लोग पहले ये देखो क्या है अबे पूरा मर क्यों नहीं रहा रुक जा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बोला रुक, ये भैया मैं भाग भाग के कितना मारूंगा बेलों लोग लो, कितने सारे हैं यार ले कान कान के पर्दे फाड़ देंगे इन लोग कितना ज्यादा अब ये देखो दो चुटे <laughs> भाई अबे यार तभी वार्निंग दे रहा था भैया लो फायर मत बंद करो फायरिंग करता मैं। अब बढ़ते ही जा रहे है भैया कौन मार रहा है पीछे से लिखे वे आधे आधे सबको मार के मैं टहला रहा हूँ देख रहा अब क्या करू अब क्या, करू? अब क्या करू? ले अब तो मार डालेंगी। मार मार मार ये सब सब डालेंगे कौन कौन रहा रहा है कौन मार रहा है ए, ले ओह सेकंड पार्ट खेलना बहुत मुश्किल है भाई साहब सब मुझे कुत्ता बना दे रहे हैं मुझे ही मार रहे इतना ज्यादा मार रहे भाई साहब क्या है? बताओ मेरे साथ फ्रस्टेट भी नहीं है नहीं ही है ग्रेनेट होता तो शायद मैं मार देता यहाँ सर ग्रेनेड परसेस कर सकते हैं और एक से क्या ही होने वाला है भाई चलो फिर से प्ले है देखते हैं इस बार को कंप्लीट करके छोड़ूंगा मैं इस बार सबके सर पे मार रहे हैं और फटाफट एक यही मार मारना तुम लोग पर मैं ना मरा मुझे ना मार लोग लो भाई कितनी गर्मी में तो शूट कर रहा हूं। तो भी मारूंगा एक तरफ से मार के कुत्ता बना दूंगा देखो भाई खाते हैं थाली में और सबकी मार लेते हैं नाली में तो ये देखो बुलाऊ बॉडी बने हुए चले आ रहे हो तरह फायरिंग देख रहे हो भाई साहब कितना ज्यादा फायरिंग हो रही है लेकिन रुकने का नाम कोई ले तब ना हलो भैया भैया भैया भैया ले भैया ले भैया ले खतम हो गई मेरी मारना स्टार्ट एक ही बचा था सिर्फ एक ही चलो इसके आगे बाद में कंप्लीट करेंगे गेम ओवर हो चुका है और मुझे बहुत सारा पसीना हो चुका है आप देख सकते हैं इतना पसीना तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए आप लोग और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए फटाफट से चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक तड़कते वड़कते गेम से गेम के साथ तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बच जाइएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय